अरे थोड़ी जल्दी ढाजे तो कागला यार काम करे दे कराया तू तू फटाफट रात कैडी साहब तो काम करा देख चकले तेंद्र नहीं बे कितना तेंद्रा बुटो चट बुट

अरे चिंता ना कर लड़ इतनी मेहनत करनी है कि ऊपर वाला भी नहीं सोचता ये दो टिंगर है कौन अरे मैंने किताब में पढ़या था कि सब्र का फल मीठा हुआ है बस सब्र ही कर रखा है जो तक गाँव में ना देखा न वो तो न दिखाओगी बस वेट कर

आया आया आया आया रे आया रे रे रे भी पाया भागो रे, भागो अरे काका ये वो चू ना मरियो ना बटो आप हम काम करे तो जल्दी करो जल्दी अरे परिजह बे मानी तू रह दे

रे। ना ना कर लाग को। अरे अरे अरे सच्ची जिंदगी में झटका ही और करियो अरे अरे अरे खटासी तो है है ठीक है हाँ,

ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक है तो तो तो तो यार ना दी भाई तो। तू ओ करे करे करे करे बस बस बस मैं डाल बंदर के काट काट दे अरे अरे अठी

क्यों मैं ने एक में। दबा दे दबा। तो। ने में में में एक तो दियो दे मेल मेल थोड़ा थोड़ा सा सा क्या अरे अरे, अरे, अरे गुडम को

तो भुग मिलूंगे अरे कौन करने को मैं भुग भुग मिलते हैं तो ओरे ओरे ओठिके रे क्यों क्यों तू लाख ने लड़कों से बच्चों ने बहुत अच्छे ना बिहारी ओरे करता है बच्चों ने ये दिखा लूँगी ओठिके रे ओरे ओल्ड ओरे मालियो ओरे ओठिके नहीं तो इधर जाने तो इधर

तू तो एक काम कर ले यार एक काम कर दे भाई बोल तो पानी दे यार पहले इतने में मैं ड्राई कर ली है बरगे पलोटो

सेट सेट बैठ की बेटी तो तो तो तो तो बैठिया मैं मैं मैं खुद दे की रेन दे, दे पहले मेरी थी, थी। मैंने घोड़ो फिर घोड़ बैठा सही अरे तू सौली बनियारू नाके गलोर लगा

पे गली रही पे यार लगी मार चाल कर तड़के और गला दी यार तरके तो फिर वो राज्य कौन वो, वो तोता तोता, पड़े तोता चाल को <laughs>